चल रहा टाइम क्या है टाइम भाई ग्यारह छः कुछती है ना बारह सौ भाई आठ मिनट आठ मिनट आठ बारह से आठ बचे भाई